भोपाल को वाटर प्लस और गार्बेज फ्री सिटी में पांच स्टार रैंकिंग मिली है भोपाल स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्वच्छ शहर में 19वें स्थान से छठवे स्थान पर पहुंच गया है इसके साथ ही भोपाल ने सेल्फ सस्टेनेबल राजधानी का खिताब भी बरकरार रखा है स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए केंद्रीय शहरी आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने भोपाल को पुरस्कृत किया इस मौके आरोप महापौर मालती राय कलेक्टर अविनाश लवानिया और नगर निगम आयुक्त के चौधरी मौजूद रहे वहीं भोपाल नगर निगम कर्मचारियों को इसके लिए बधाई दी गई नगर निगम भोपाल ने स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर प्रयास किया जिसका परिणाम यह आया कि भोपाल को स्वच्छता में छठवां स्थान मिला। नगर निगम के नवाचारों से भोपाल को वाटर प्लस और गार्बेज फ्री सिटी में फाइव स्टार रैंकिंग प्राप्त हुई वही भोपाल ने सेल्फ सस्टेनेबल राजधानी का खिताब भी बरकरार रखा है महापौर मालती राय ने स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन करने पर शहर के नागरिकों जनप्रतिनिधियों और नगर निगम कर्मचारियों को बधाई दी मैं भोपाल वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। भोपाल वासियों के कारण आज भोपाल जो उन्नीसवें नंबर पर आरोप उसके आज छठवें नंबर पर भेंट आ गई और हम फाइव स्टार में भी आ गए हैं भोपाल की जनता को वाटर प्लस भी हमारे साथ है हम भोपाल की जनता को बहुत बधाई देना चाहते हैं वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंस्पिरेवरी चेंज इज द वर्ल्ड प्रोवाइडिंग द बेस्ट रिजल्ट हाइएस्ट पैकेजेस एंड डिलीवरिंग द बेस्ट मैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड एल एन ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी द बेस्ट फॉर मिशन कॉल सेवन